बस सामने फिर से हाजिर हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डिटेल लेकर तो दोस्तों आज एक बड़ी अपडेट है जो कि राजस्थान होमगार्ड से जुड़ी हुई है एक बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत ज़रूरी है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दोबारा ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहते हैं तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों और राजस्थान होम गार्ड का दोस्तों एडमिट कार्ड है और जो कि रिलीज कर दिया गया है ठीक है दोस्तों एडमिट कार्ड अब आ, आ, आ गए हैं और आप जब आप सभी अपना एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और अपना एग्जाम दे जाएँ ठीक है दोस्तों तो इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आठ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो राजस्थान होम गार्ड एडमिट कार्ड एक पोस्ट के लिए ज, ए, जो एग्ज़ाम होने हैं उसका एडमिट कार्ड जो है अभी डाउनलोड हो लिंक एक्टिव हो गया है आप सभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो देख लेते हैं एक बार क्या अपडेट है राजस्थान होमगार्ड फ्रॉम नवंबर 24 चौबीस बीस ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू तो राजस्थान होमगार्ड भर्ती लाइक नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एज से इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो कांस्टेबल होमगार्ड की पोस्ट है दोस्तों ये वैकेंसीज़ यहाँ पर 141 सौ पोस्टें हैं और सैलरीज आपकी रहेंगी 12,800 हज़ार आठ सौ रुपये जॉब राजस्थान के अंदर और लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 15 दिसंबर जो कि चली गई है ठीक है दोस्तों और इसका मैं आपको एक बार ये एग्ज़ाम बता देता हूँ आपका ये एग्ज़ाम कब होगा तो आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं आपका एग्ज़ाम होगा मैं आपको बता देता हूँ आपका एग्ज़ाम कब होगा अभी तो टेंटि डेट है वो अभी मई मा, में इस मंथ में होने वाला है आपका एग्ज़ाम ठीक है दोस्तों तो 16 मई के आपके आसपास आपका जो ये एग्ज़ाम है होने वाला है ठीक है दोस्तों तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो अभी रिलीज़ कर दिया गया है सभी कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था राजस्थान से तो सभी जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और अपना एग्ज़ाम देने जाएँ ठीक दोस्तों और यहाँ पर पोस्टें मैं आपको बता देता हूँ कितने पोस्टों के लिए ये एग्ज़ाम है एक 141 वन पोस्टों के लिए एग्ज़ाम है ठीक है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप सभी जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है वो हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं ठीक है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अगर कोई भी इशू आए या दिक्कत आए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप हमें कमेंट करें हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों और ये एक बड़ी अपडेट थी जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दोबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहते हैं तो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट गुड इवनिंग